हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने इस चैनल पे तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए एक पूरा टेक्निकल एनालिसिस कोर्स लेकर आऊँगा बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में तो वो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक दूसरा कोर्स हमने स्टार्ट किया है जिसमें हम पूरा क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन को बेसिक से समझ रहे हैं पूरा टेक्नोलॉजी जो भी है उसमें कैसे काम करता है क्या है वो हम पूरा उसमें अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस कोर्स में हम पूरा टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे जो आपको ट्रेडिंग में मदद करेगा तो जो लोग नए हैं वो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं जो इस टेक्नोलॉजी में नए हैं और जो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी जानते हैं ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो ये कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं आप में से बहुत लोगों को पता है कि मुझे इस इंडस्ट्री में छः साल के आसपास हो गए तो तब से लेकर मैं अभी तक माइनिंग ट्रेडिंग बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ तो ट्रेडिंग में मैंने जो भी है खुद से सीखा है बहुत सारी गलतियाँ की इनिशियली फिर मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया कोर्सेज लेने स्टार्ट किए फिर थोड़ा जा जो ट्रेडिंग में कर कर सीखा हूँ खुद तो इस इंडस्ट्री में मुझे पता है कि क्या वर्क होता है और क्या वर्क नहीं होता तो वो आपको पूरी तरह हेल्प करेगा इस कोर्स में तो चलिए अब देखते हैं हम इस कोर्स में क्या क्या कवर करने वाले हैं तो पहले तो हम सीखेंगे कैंडलस्टिक्स, उसके बाद हम सीखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स, उसके बाद टाइप ऑफ ट्रेडिंग भी हम सीखेंगे उसके बाद इंडिकेटर्स हम सीखेंगे फिर इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग हम सीखेंगे फिर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग भी हम कवर करेंगे उसके बाद एंट्री एग्जिट स्ट्रेटेजीज आपको मैं सिखाऊँगा फिर रिस्क मैनेजमेंट ये सबसे इम्पॉर्टेंट है वो भी हम सीखेंगे और फिर लाइव ट्रेडिंग सेशन हम कुछ करेंगे और ट्रेडिंग सिस्टम पूरा हम समझ के लेंगे। अगर ये आप कोर्स पूरा करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको किसी टेलीग्राम ग्रुप या किसी भी कॉल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी यूट्यूबर का टेक्निकल अनालिसिस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप अपने डिसीजन खुद ले पाओगे खुद पूरा टेक्निकल अनालिसिस करोगे और पूरा बेसिक्स मैं कवर करने वाला हूँ तो आप खुद अपने एंट्री और एग्जिट्स प्लान कर पाओगे और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आप खुद का खुद कर पाओगे कि कब एंट्री करना है कब एग्जिट करना है ये हम जल्दी स्टार्ट करेंगे तो तब तक चैनल सब्सक्राइब कीजिए जो भी नए यूज़र्स हैं और स्टेट यून मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सी यू